वेलकम टू माई चैनल माई पारशाला वाली आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिफाइड कॉन्सेप्ट फाउंडेशन ओलम्पियाड एग्जाम के सैंपल पेपर क्लास क्वेश्चन नंबर वन इफ टूडेडे वे वॉज ए टे बिफोर यस्टरडे ट्यूजडे मंडे फ्राइडे या संडे करेक्ट आंसर इज टूडेस्टरडे इज वे बिफोर यस्टरडेट इज ट्यूजडे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्यूजडे number 2 if 678 means pit what does 876 means a p t i b t p i c t i p and d p i t solution here e is equal to 6 i is equal to 7 t is equal to 8 so 876 means t i p please like subscribe and share it.